क्षम्बर तीन शुक्रवार का दैनिक राशि फल आप लोगों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रस्तुत राशि फल चंद्र राशि पर आधारित है चंद्र राशि क्या होती है शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है तो देशी ग्रामीण ग्रह युद्ध सेवायावहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि ना चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न ना चिंतित तो जब भी आप लोग राशिफल देखिए कोई शुभ कार्य करिए मांगलिक कार्य करिए तो अपनी जन्म राशि की ही प्रधानता दीजिए जन्म कुंडली में चंद्रमा आपके जिस घर में होगा वो आपकी ही चंद्र राशि होती है तत्व आज का पंचांग क्या कहता है पाँच अंगों से मिल करके पंचांग बनता है ये पाँच अंग है तिथिवार नक्षत्र योग करण तो आज वार की बात करें तो शुक्रवार है विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर तक संबत उन्नीस और सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर चौवन मिनट पर त्रयोदशी तिथि है कृष्ण पक्ष रहेगा और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दर्शकों जो रहेगी सुबह सात बजकर बत्तीस मिनट तक ही रहेगी इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि लग जाएगी त्रयोदशी तिथि को हमने दर्शकों को बताया था कि बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए और चतुर्दशी तिथि को शहद खाने की मनाही होती है नक्षत्र रहेगा पूर्वा फाल्गुनी इसके उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा करड़ रहेगा वड़ी इसके उपरांत विष्टि और अंतिम करर जो रहेगा ये शुक्नी करड़ रहेगा योग रहेगा शुभ इसके उपरांत शुक्ल योग रहेगा शुक्रवार दिन रहेगा और दिशाशुल की बात करें तो आज का जो दिशा होगा शुक्रवार का ये पश्चिम दिशा की ओर आपको यात्रा नहीं करनी है दिशाफूल है दोस्त लगता है यदि आपको आज के दिन पश्चिम दिशा की ओर जाना ही पड़ जाए कोई विशेष काम आ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि दही का और मिश्री का सेवन कीजिएगा और पहले आप 10 जो है कदम पूर्व की ओर चलिए इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर आप जाइए चंद्रदेव सिंह राशि में चलायमान रहेंगे और सूर्य सूर्यदेव कन्या राशि में चलायमान रहेंगे राहु काल की बात कर लेते हैं राहु काल एक ऐसा काल होता है कि इसमें आप लोगों को शुभ कार्य नहीं करना है प्रातः दस बजकर अट्ठाईस मिनट से ग्यारह मिनट तक का राहुकाल रहेगा शुभ कार्यो को करने के लिए दर्शकों आज के दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि शाम को सात से लेकर के आठ तक की जो है अमृतकाल रहेगा इसमें आप लोग कर सकते हैं में कर लीजिएगा तो से 244 तक का सूर्योदय हमने आपको दिया कि प्रातः तो यह तो था हमारा दैनिक पंचांग अब बढ़ते हम अपने राशि फल पर कि आज का राशिफल में क्या कह, जो है कहता है तो मेष राशि के जातको आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ लेकर के आया है तो देखिए आज आप लोगों को अपने आप को चोट व दुर्घटना से बचाना है अन्यथा चोट लग सकती है शारीरिक कष्ट शारीरिक व्याधि आज, आज आपको संभव है लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा स्वास्थ्य का पाया आज, आज आपके कमजोर लग रहा है अपने क्रोध व उत्तेजना पर यदि आज, आज आप नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा जाएगा कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखिएगा भावनाओं में बह करके आज आपको कोई निर्णय नहीं लेना है आज आपके ऊपर आज आप घर वालों के ऊपर खर्च अधिक करेंगे आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा पैसा आएगा लेकिन आज खर्च उससे अधिक वेड में होगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना आज हो सकती है इसके साथ साथ कोई नया प्रेम संबंध आज के दिन स्थापित हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा आज के दिन भैरव स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए और धर्म स्थान पर दूध का दान दीजिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा एक शुभ दिशा रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा वृषभ राशि के जात को कैसा रहेगा आज का दिन तो आज का दिन आपके लिए काफी कल्याणकारी रहने वाला है कानूनी अड़चने दूर होकर के आज स्थिति आपके मनोनुकूल बनेगी आज आपके कारोबार में वृद्धि होगी तरक्की होगी नए प्रेम प्रसंग स्थापित होंगे प्रेम प्रसंगों में अनुकूलता आएगी आज भेंट व उपहार पर आपका पैसा अधिक खर्च होगा नौकरी में आपको जो है आपके सपोर्टिव का सहकर्मियों का साथ मिलेगा स्त्री पक्ष आज आपका विशेष तौर पर बड़ा मजबूत होगा आप चिंता तथा तनाव में आप पैसों को लेकर के रह सकते हैं कोशिश कीजिएगा कि आपके जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं उनसे आज आपको सावधान रहने की यहाँ सितारे सलाह दे रहे हैं वो आपका कुछ अहित कर सकते हैं कुछ अमंगल कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो चूंकि शनि की ढैया भी चल रही है तो कोशिश कीजिए दशरथ के शनि स्रोत का आप लोग पाठ कीजिए और श्री मंत्र का मानसिक रूप से जाप करिए इससे आपको धन लाभ मिलेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा हमारी जो अगली राशि आती है आती है मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जातकों आज कैसा रहेगा आपका दिन तो भूमि व भवन इत्यादि की खरीद फरोख्त का की योजना आज बन सकती है कोई बहुत बड़ा सौदा आज आप ले सकते हैं रोजगार में वृद्धि के संकेत बन रहे हैं आज निवेश करने में जल्दबाजी मत करिएगा लाभ के तमाम अवसर आज आपके हाथ जो है हाथ पे आएंगे आज लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं किसी प्रकार का शेयर मार्केट में आज आपको जोखिम नहीं उठाना है उपाय के तौर पर करना क्या होगा तो आज शिवलिंग पर आपको दही चढ़ाना रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि लक्ष्मी सहस नाम का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा कर्क -कर राशि के के क्या कुछ कहता है आज आज आज का का दिन तो देखिए जो भविष्य आप लोगों के लिए रहेगा आज आपकी कलात्मक चीजों में रुचि बहुत ज्यादा रहेगी संकत इत्यादि में आज आप बढ़ करके रुचि आपकी जागृत हो सकती है पठन पाठन लेखन इत्यादि कार्यों में लगन और उत्साह से आप लोग कार्य करते हुए नजर आएंगे किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है शेयर मार्केट व म्यूचुअल फंड इत्यादि में आज आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा पूर्व में यदि आपने कोई निवेश किए हैं तो रिटर्न आज आपको बेहतर मिलेगा वहीं वाहन सावधानी पूर्वक चलाने के सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ब्राउन शुभ अंक रहेगा छः शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है सिंह राशि सिंह राशि के जातकों आज का दिन क्या कुछ नया ले करके आया है तो आज आपके स्वास्थ्य का पाया कुछ ना कुछ लड़खड़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है अपने वाणी में आज आपको कोशिश करना है कंट्रोल रखना है हल्के शब्दों के प्रयोग से बचना रहेगा लेन देन में जल्दबाजी करना आपके लिए काफ़ी हानिकारक होगा किसी के भी उकसाने में ना आए अपने भावनाओं पर आज आपको नियंत्रण रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज कार्य में आपको कोई बैड न्यूज सुनने को बुरी खबर सुनने को मिल सकती है कोई नया प्रेम संबंध आज आपका स्थापित होगा जीवन साथी के साथ कुछ आपकी नोकझोंक हो सकती है परिवार में बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा नए निवेश आपको लाभदायक सिद्ध होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए सूर्य देव को आज आप लोग जल दीजिए और श्री सूक्त का आप लोग पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ कन्या राशि क्या कुछ कहता है आज का दिन तो आज किसी मित्र या रिश्तेदार की सहायता करने का अवसर कन्या राशि के जातकों को प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी आज आपके जो प्रतिबंधी हैं ये आप पर बहुत ज्यादा हावी होते हुए नजर आएंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं नौकरी में क्षेत्र बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं निवेश के लिए सुख समय है कोई नई नौकरी आज आप लोग प्राप्त करते हुए नजर आएंगे घर बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा आज पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ आपका मन विचलित हो सकता है और आपका कुछ अर्थ अर्थात धन लग सकता है उनके स्वास्थ्य पर उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा का, का पाठ करिए और दुर्गा पूर्व रहेगा, रहेगा दिशा, रहेगी, रहेगी दिशा। वही तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या कुछ लेकर के आया है तो देखिये आज भूले बिस्रे साथियों से आपकी मुलाकात होगी उत्साहवर्धक सूचनाएं आज आपको प्राप्त होंगी यदि कोई डाटा आप अभी तक नहीं प्राप्त कर रहे थे तो आपको मिलेगा गुप्त शत्रुओं से आज, आज आपको सावधान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं आपके नए मित्र बनेंगे शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा कारोबार अच्छा चलेगा जोखिम उठाने का साहस आज, आज आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी के साथ बात विवाद मत करिएगा और यदि बात विवाद हो भी जाता है तो बढ़ावा मत दीजिएगा आज प्रसन्नता बनी रहेगी थकान ज्यादा रहेगी लंबी दूरी की यात्राएं संभव है शत्रु पक्ष आज आपके ऊपर सक्रिय रहेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो हनुमान अष्टक का तीन बार पाठ करिए और दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्रोत का, का पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर वृश्चिक राशि के जातक को क्या कुछ कहता है आज का दिन तो आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है रोजगार प्राप्ति में यदि कोई आप प्रयास कर रहे थे तो सफल होते हुए नजर आएंगे लाभ होने की संभावना है नौकरी में प्रभाव वृद्धि के योग बन रहे हैं निवेश इत्यादि लाभदायक रहेगा व्यापार व्यवसाय ठीक से चलेगा कोई बड़ी समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ओम नमस् शिवाय मंत्र का आप लोग एक बार जाप करिए धर्म स्थान पर दूध का दान बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा धनु राशि, सजिटेरियस क्या कुछ कहता है आज का दिन तो लेन देन में जल्दबाजी हानिकारक रहेगी कानूनी कागजात पर जो है आज जो है साइन करने से पहले विशेष ध्यान दीजिएगा किसी व्यक्ति के बहकावे में ना आए तो बेहतर होगा आज आपके खर्च में वृद्धि होगी चिंता तथा तनाव आज आपके बने रहेंगे थकान व कमजोरी रह सकती है कारोबार आपका अच्छा चलेगा नौकरी में आज आप कोई नया कार्यभार ग्रहण करते हुए नजर आएंगे स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रयास ये करिएगा कि आज के दिन आप लोग ललिता सहस नाम का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नेवी ब्लू कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा मकर राशि कैप्लीकॉन क्या कुछ कहता है आज का दिन तो कोई डूबा हुआ पैसा डूबी हुई रकम प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं आज कोशिश कीजिएगा प्रयास आप करिएगा तभी पैसा निकलवा पाएंगे आय में वृद्धि होगी यात्राएं लाभदायक रहेंगी व्यापार व्यवसाय से लाभ बढ़ेगा नए काम मिल सकते हैं पारिवारिक सहयोग से संतुष्टि व प्रसन्नता आज दोनों आपको मिलेगी समय की अनुकूलता का लाभ लीजिएगा कोशिश कीजिएगा कि पत्नी को आप शब्दों का प्रयोग मत करिएगा प्रातः काल से ही लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे और ये यात्राएं आपके लिए हितकारी सिद्ध होंगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो भैरव मंदिर में दूध का दान करिए और आज के दिन अपने सामान का विशेष ध्यान रखिएगा अन्यथा चोरी इत्यादि हो सकता है शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जात को आपकी के लिए नए विचार आज आपके मन में आएंगे स्थल पर सुधार व परिवर्तन हो सकता है तत्काल तो प्रभाव से आज आपको कोई नया चार्ज मिलेगा कोई नई जो है आपके अंदर ऊर्जा मिलेगी उच्चाधिकारी आज आपको कोई नया पद दे सकते हैं जिस पद पे आप उसके साथ साथ कुछ अच्छा जिम्मेदारी सरकारी अथवा प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है आज प्रेम प्रसंग आपके अनुकूल रहेंगे आज आपका खर्च मित्रों पर अधिक होगा बात विवाद से बचिएगा वीकेंड पे कहीं आप लोग बाहर भी जा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज कबूतरों को आप लोग बाजरा जरूर डालिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए बहुत परिश्रम से राशिफल बनता है तो हमारे इस परिश्रम को उम्मीद करते हैं आप लोग सार्थक भी करते होंगे तो लाइक जरूर करिए यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हैं और क्योंकि दीपावली का पर्व आने वाला है अक्टूबर माह का हमने राशिफल डाल दिया है आप लोग जा के मेज से लेकर के मीन राशि के दर्शक देख सकते हैं इसके साथ साथ वार्षिक राशिफल दो भी हमने डाला है तो मीन राशि की ओर बढ़ते हैं मीन राशि के जातकों आज अध्यात्म में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी यात्राओं का योग बन रहा सत्संग का लाभ प्राप्त होगा किसी से विवाद को बढ़ावा मत दीजिएगा कानूनी अर्चन दूर होकर आपके मनोनुकूल स्थित व्यापार व्यवसाय लाभदायक रहेगा नौकरी में आज माहों का सहयोग प्राप्त होगा समय पर काम होने से प्रसन्नता में आज वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं आज कोशिश कीजिएगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और केसर का सेवन आपको करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा छे शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा तो दर्शकों ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइए फेसबुक पेज पर यदि हमारे इस राशिफल को देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए इस वीडियो को फेसबुक में इतना शेयर कीजिए कि क्रांति आ जाए दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी